नमस्कार दोस्तों एजुकेशनल हैबिटेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने और अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम कमल कुमार है मैं रानीखेत उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना आपको नई नई एजुकेशनल वीडियोस दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस लगातार मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सपोर्ट करना चाहता हूं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती है ये चैनल उन सभी के लिए ख़ास है जो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू